हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह एक वीडियो में और लेकर के आया हूं आपके लिए तो वो जो वीडियो है हमारा फ्रेंड्स में बताना चाहूंगा ये कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो आपको बनाया हुआ था ओप्पो का ये वही फ़ोन है A31 इसकी मैंने फ्लैशिंग की थी मतलब ये डेड था फ़ोन तो इसको मैंने फ्लैश किया था और कम्प्लीटली ऑन हो चुका था बट उस मैंने फिर से इसमें पैटर्न लगा हुआ है और पैटर्न को ईजिल हम रिमूव करेंगे तो वीडियो को लास्ट इंट तक जरूर देखेगा अगर आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते नहीं पता है तो इस ओप्पो को ए को से आप इजिली अनलॉक करना है ये स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तो मैं यहाँ पे इसको यूएमटी से करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि यूएमटी से आप बहुत क्योंकि यूएम सबके पास है मैं ऐसे ही हर एक सीरीज का वीडियो लेकर के आऊँगा यूएमटी मेरिकल हो चाहे वो अनलॉक टूल हो अ मैं तीन टूल पर ज्यादा बेसिक काम कर रहा हूँ अभी मैं बहुत जल्द वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होगा तो मैं अनलॉक टूल को भी अभी इंक्लूड करने वाला हूँ और सारा चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको सॉफ्टवेयर में कौन से डोंगल या बॉक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लास्ट इंट तक जरूर देखिएगा ये ओप्पो का A31 है इसको कैसे अनलॉक करते हैं तो वीडियो को लास्ट इंट तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को दबाइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने देखा वहाँ पे अब कंटेंट तो वीडियो लेकर कर रहता हूँ विंडोज टेन के ऊपर काफी सारी जो दिक्कतें हैं वक है वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा अभी बहुत जल्द तो ये हमारा जैसे ही खुल जाता है बहुत छोटी सी विडियो है बहुत बड़ी बट क्या होता है कभी कभी यूजर्स सोचते हैं कि हमें कैसे अनलॉक करना है या क्या सारी चीजें करनी है यहाँ पे तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टूल खुल चुका है यहाँ पे हमारा स्टेबल बहुत ही ईजी तरीके से हो चुका है अभी ये हमारा 4.3 चल रहा है ऐसे ही अपडेट आते रहेगा यहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा अपडेट है डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट ना करके आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले हम यही भी ट्राई करते हैं आपको एम के वन क्लिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एम के वन क्लिक यहाँ पे हमने कोई भी ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट नहीं किया है नहीं तो आपको प्रॉपर जाना है आपको यहाँ पे ओप्पो सेलेक्ट कर लेना है जब आप प्रॉपर मैं करना है अगर वो नहीं होता तो हो जाता है फिर भी है क्योंकि अगर साथ -साथ हमारी एफ आर पी भी रिमूव हो जाएगी क्योंकि मैटर नहीं होता है एफ आर पी तो आपको ईजी तरीके से हो जाता है तो चलिए हम वन क्लिक को ना करते सिंपल और सिंपल कोई भी बूट की प्रेस नहीं करना है और आपको सीधा और सीधा यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर देना है आपको कोई भी बूट की प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको फोन प्रॉपर ऑफ करके यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है फोन को प्रॉपर ऑफ करने के बाद मैं प्रॉपर फोन को ऑफ नहीं किया था सॉरी तो फोन को मैं ऑफ कर देता हूं और उसके बाद कोई भी आपको बूट की प्रेस नहीं करना है और आपको सिंपल और सिंपल फोन को कर देना है। जैसे ही आप फोन को कनेक्ट कर देंगे आपका फोन पे हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं होता है तो आप वेल्यूम अपडाउन दबाएंगे और फिर इंसर्ट केबल करेंगे वेल्यूम अपडाउन इंसर्ट केबल तो मैंने अभी वेल्यूम अप डाउन दबाया हुआ है और हम केबल को करेंगे इंसर्ट तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर तो नहीं हुआ है डिटेक्ट नहीं हुआ है चलिए ठीक है हमने यहाँ पे अपना ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लिया है अब यहाँ पे सीधा आप ब्राउन मॉडल नहीं भी लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं सीधा आप यहां पे जाएंगे और सीधा आपको रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक करने के बाद आपको फोन और सीधा सीधा कम्पलीटली कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको सीधा वैल्यूम अप डाउन एंटर करके आपको फोन को कनेक्ट कर लेना है कोई तो भी ब्रांड और मॉडल लेने की जरूरत नहीं है अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको ब्रांड और मॉडल लेने की जरूरत है तो आपने देखा वहाँ पे अभी हमारा फोन मेटा मोड पे जाएगा मेटा मोड में जाने के बाद हमारा देख सकते हैं साइड में हमारा यहाँ पे ड्राइवर भी चल रहा है जो भी रह आ रहा था मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ ये हमारा फोन देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है मेटा मोड में यहाँ पे हमारा ड्राइवर भी स्टेबल है और यहाँ पे कॉन्फिकेशन और यहाँ पे फोन के रेडिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें चेक हो रही हैं तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से हमारा ये हो चुका है सी पी एच टू जीरो ये हमारा Oppo का थर्टी वन है और हमारा ये रिजार्ट कम्प्लीटली हो चुका है आप ब्रांड और मॉडल लेंगे अगर कोई एरा रहता है तो दिक्कत है अगर नहीं एरा रहता है तो सीधा आपको कुछ भी ब्रांड मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है तो चलिए मैं अपने फोन में करके दिखाता हूँ कि ये हुआ कि नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग प्लीज वेट ये हो रहा है यहाँ पर यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे आपको दिखाया कि हमारे जैसे ही फॉर्मेट हो गया आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने ब्राउन और मॉडल सेलेक्ट किया था क्योंकि ओप्पो में यही खास बात है कि आपको कोई भी ब्राउन और मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ओप्पो रिसेट मैथड वन और दो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो रिसेट टू और ओपो रिसेट मैथड वन आपको वन को सेलेक्ट करना है सिंपल और सिंपल और सीधा आपको रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है और आपका इजिली तरीके से अनलॉक हो जाएगा कोई भी ना रिक्स ना डेड रिक्स ना कुछ ना कुछ अब ये फ़ोन अनलॉक के टाइम पे ही डेड हुआ था मैं आपको बताना चाहता था पहले और ये फ़ोन वही फ़ोन है जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मैंसन किया हुआ है यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया हुआ है फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से ये हमारा अनलॉक हो चुका है और कोई भी बिना रिस्क बहुत ही कम समय में ये हमारा अनलॉक हो चुका है ओप्पो का ए वन अब आपको जाना है सिंपल सा इमरजेंसी में जाना है इमरजेंसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे डायल करना है स्टार हैज़ आठ सौ तेरह और यह आपका चुटकी में स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा और ये देख सकते हैं प्रॉपर वे में ये हमारा फोन अनलॉक हो चुका है जैसा कि आप ये देख सकते हो ये वही फोन है तो अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकन को दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच